कर्क राशि के जात को नव वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं ज्योतिर्बिदासी पांडे आज लखनऊ से आप सभी दर्शकों के समक्ष जनवरी माह का ये राशिफल लेकर के आया हूँ प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है नक्षत्रों पर आधारित है तो जनवरी का यह माह कर्क राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नई सौगात लेकर के आया है आज हमारी चर्चा का विषय यह रहेगा साथ ही साथ दर्शकों आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हम आपके शहरों में आते हैं आप लोग डेट देख सकते हैं इन तिथियों पर आप हमसे मिल सकते हैं आगे बढ़ें दर्शकों उससे पहले पंचांग की स्थिति क्या होती है आइए इस पर एक नज़र डाल लेते हैं इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार क्या क्या हैं इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं तो छः तारीख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 तो दर्शकों जैसा कि आपने पंचांग में प्रमुख प्रतिम त्यौहार देख लिया अब इस माह ग्रहों के गोचर की व्यवस्था क्या है तो सबसे पहले देखिए मंगल देव वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं गुरु शनि केतु धनु राशि में हैं लेकिन 24 जनवरी को सबसे बड़ा राशि परिवर्तन हो रहा है शनि देव का जी हां ये आपके अब सेवेंथ हाउस में आने वाले हैं अर्थात मकर राशि में स्वग्रही होने वाले वहीं सूर्य और बुद्ध ये मकर राशि में हैं दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे सूर्यदेव पंद्रह जनवरी तक धनुराशि में रहेंगे 15 जनवरी को ही ये मकर संक्रांति होगी तो मकर राशि में संचरण करेंगे और 24 तारीख से इनको पिता का साथ मिल जाएगा तो काफी कुछ स्थितियाँ उलट पलट होने वाली आप लोग बस देखते रहिएगा बुद्ध भी यहाँ पर जो है मकर राशि में चलायेमान है शुक्र दैत्य ये कुंभ राशि में चलायमान है राहु मिथुन राशि में चलायमान है इन्हीं ग्रहों के नक्षत्रों के आधार पर दर्शकों हमारा राशिफल तैयार है तो फटाफट आप लोगों से अपील करते हैं कि एक बार जय श्री राम का उद्घोष आप लोग जरूर कर दीजिए यदि आप लोग भगवान राम को मानने वाले हैं भगवान राम के अन भक्त हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और जय श्री राम आप लोग जरूर लिखिए तो, तो कर्क राशि के जातकों जनवरी का यह माह कैसा जाएगा इस माह के लिए क्या शुभ उपाय हो सकते हैं कौन कौन से दिन आपके लिए शुभ रहेंगे और कौन कौन से दिन अशुभ रहेंगे तो इस महीने रिश्तों के संबंध में प्रत्येक चीज़ तालमेल की उम्मीद देखिए करती है आपके और आपके जीवन साथी के बीच यदि कुछ मामूली विवाद हैं तो वो हल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जल्दी से जल्दी हल होंगे लेकिन 24 तारीख के बाद से लेकर के और 31 जनवरी के बीच में ये जान जाइए कि विस्फोटक स्थिति जीवन साथी के साथ होने वाली है जनवरी में आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे लेकिन तबीयत ना बिगड़े इसके लिए आपको जो है जागृत रहना भी बहुत जरूरी है ठंडे पानी से बिल्कुल भी स्नान मत करिएगा अन्यथा निमोनिया वगैरह आपको हो सकता है जनवरी का यह माह उत्साह से नए साल का आप लोग स्वागत करेंगे देखिए जनवरी के ये माह कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके सितारे कहते हैं कि ये माह आप लोग सकारात्मक अवधि का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं विशेष रूप से पारिवारिक जीवन में आप शांति और सुसंगता का आनंद लेंगे कर्क राशि के जातकों इस माह तमाम अच्छे लाभ होने वाले हैं और उन गंभीर विषयों पर भी चर्चा करने से नहीं डरेंगे जो कि आमतौर पर सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं पाते हैं तो ऐसी बातों के लिए कर्क राशि के जातकों अब बिल्कुल आपके लिए अच्छा समय रहने वाला है ग्रह नक्षत्र सितारे कहते हैं कि इस माह आपको कोई शुभ कामना मिल जाएगी आपके घर में किसी मेहमान के आगमन का संभव है कैरियर में बेहतर पद कोई प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इसके साथ साथ सैलरी में इंक्रीमेंट होगा प्रमोशंस मिलेगा आप इस माह जो है अत्यधिक जो है धन कमाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं भूमि का भवन का वाहन का सुख भी प्राप्त होगा कर्क राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति जनवरी के माह में काफ़ी उत्तम रहने वाली है परिवार एवं दांपत्य जीवन में सुख रहेगा आपके जो विरोधी रहेंगे इस माह आपके सामने नतमस्तक रहेंगे आपके सामने परास्त रहेंगे यदि आपसे झगड़ा किए हैं तो सुलह समझौतों में ही वो लोग आएंगे कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई फैसला आपके पक्ष में आपके फेवर में आ सकता है मतभेदों का ससम्मानजनक समाधान आपको मिलेगा आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा आपका मन तथा शरीर बहुत ही ज़्यादा ऊर्जान्वित रहेंगे यात्राओं तथा व्यवसाय से अपेक्षित लाभ आपको होगा मन प्रसन्न रहेगा देखिए माह में जो है सूर्य मंगल तथा गुरु तथा जो है राहु जो अनिष्टकारक इनका गोचर रहेगा इस कारण कुछ समय के लिए प्रशासनिक चीज़ों से मतभेद हो सकता है उच्चाधिकारियों से बात विवाद की स्थिति हो सकती है इवन यदि आप पिलट नहीं रहेंगे तो पद प्रतिष्ठा की हानि होगी संतान को किसी रोग से पीड़ा होगी खास करके पेड़ जो है ये जो रोग रहेगा पीड़ा रहेगी ये आँखों से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड होगी अवैधानिक तथा असामाजिक कार्यों की ओर आपका आकर्षण बढ़ेगा आपके एजुकेशन में शिक्षा में कुछ बाधा आ सकती है शॉर्ट सर्किट तथा अग्निकांड के प्रति सचेत रहने के सितारे सलाह दे रहे हैं दर्शकों देखिए उपाय भी हम आपको बताएंगे और एक चीज़ बता दें कर्क राशि के जात को इस माह विदेश में यदि आप हैं तो आप लोग किसी लीगल एक्शन में आ सकते हैं या आप वहाँ पर फंस सकते हैं तो आपको विशेष सावधानी रखने की यहाँ पर हम सलाह दे रहे हैं पर्सनल रूप से आप लोग हमारी बात ज़रूर मानिए इस माह यदि कोई ऑपरेशन कराने आप लोग जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा सावधानी रखनी पड़ेगी कोई वाहन खरीदते समय कोई भूमि का टुकड़ा फ्लैट वगैरह लेते समय कागजी पक्ष को बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा तब आप लोगों को जो है मतलब क्रय विक्रय करना रहेगा तो इस माह के लिए देखिए दर्शकों को बहुत संक्षिप्त राशिफल है बृहद राशिफल हमारे चैनल पर पढ़ा हुआ है आप लोग जा कर के देख सकते हैं वार्षिक राशिफल कर्क राशि के जातकों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप लोग देख सकते हैं जाके साथ ही साथ अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल भी हमने अपने चैनल पर डाल दिया है तमाम उपाय भी बताए हैं इस माह में सर्वाधिक शुभ दिवस कौन कौन से हैं तो देखिए सबसे पहले दो तारीख़ हो गई चार तारीख हो गई पाँच तारीख हो गई उसके बाद सात तारीख हो गई दस तारीख हो गई चौदह तारीख हो गई पंद्रह तारीख हो गई सोलह तारीख हो गई आपकी मतलब चौदह पंद्रह सोलह आप लोग चौवे छक्के लगाएंगे साथ ही साथ दर्शकों बाईस तारीख हो गई उसके बाद 27 तारीख हो गई इकत्तीस तारीख के सर्वाधिक शुभ रहेंगे वहीं प्रतिकूल दिवस की यदि हम बात करें तो एक तारीख हो गई छः तारीख हो गई और नौ तारीख हो गई ग्यारह तारीख हो गई तेरह तारीख हो गई सत्रह तारीख हो गई उन्नीस इक्कीस चौबीस छब्बीस उनतीस इसमें आपको विशेष सावधान रहना रहेगा शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए वाइट कलर अच्छा रहेगा और पिंक कलर अच्छा रहेगा भाग्यशाली अंक की बात करें तो अंक चार आपके लिए सर्वाधिक सबसे ज़्यादा भाग्यशाली रहेगा तो दर्शकों बढ़ते हैं उपाय की ओर देखिए उपाय करने से आपके मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं ना ये हटेगी तो नहीं लेकिन कुछ कमी आ सकती है तो कर्क राशि के जात को आपको उपाय क्या करना रहेगा सबसे पहले शनिवार वाले दिन कोशिश कीजिए कि प्रत्येक शनिवार को पांच से छह लोगों को आपको जो है पका हुआ भोजन खिलाना रहेगा यदि मूँग की खिचड़ी हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी दूसरा एक प्रयोग हम आप लोगों को बता रहे हैं बुधवार के दिन आपको करना क्या रहेगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना रहेगा दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके जीवन में खुशियाँ ला सकता है नित्य राहु और केतु स्त्रोत का पाठ करें क्योंकि देखिए दर्शकों राहु आपके ट्वेल्थ हाउस में है ट्वेल्थ हाउस होता है व्यय का खर्च का तो खर्चे आपके सर पर बढ़ेंगे और गणपति अथर्व शीर्ष सी जो है आपको पढ़ना रहेगा राहु स्त्रोत पढ़ना रहेगा तो गणपति अथर्व शीर्ष भी आप लोग पढ़िए क्यों पढ़ें इसके वैज्ञानिक रीजन हम आपको बताए दे रहे हैं देखिए सबसे पहले हम आपको बताएं कि देखिए राहु सर है केतु धड़ है ये आप सब लोग जानते होंगे गणेश जी के साथ क्या हुआ था भगवान शंकर ने उनका सर अलग कर दिया था लेकिन फिर उनको जो है उनके सर को जो है धड़ से जोड़ दिया और प्रथम पूज्य का आशीर्वाद भी इनको मिला भगवान विष्णु जी की तरफ से तो यदि आप गणपतिय थर्फशीर्ष पढ़ते हैं तो आपके राहु केतु बैलेंस होंगे क्योंकि गणेश जी भी कहीं ना कहीं उनका सर अलग था धड़ अलग था और राहु केतु भी है तो गणेश जी की पूजा राहु केतु को शांत रखेगी तो आप लोग गणपतिथ थर्फ शीर्ष का पाठ नित्य जरूर करें आप लोग खुद देखेंगे कि यदि एक महीने आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपके जीवन में इतने अचानक से परिवर्तन आएंगे कि आपने उम्मीद नहीं की होगी अमावस्या के दिन जी हाँ अमावस्या के दिन आपको करना क्या रहेगा गाय को हरा चारा खिलाना है हरे चारे में आपका पालक आ जाता है मूली का पत्ता आ जाता है घास आ जाता है जो भी आपको मिले हरा चारा हरे चारे में काला नमक डालिए और गाय को खिलाइए ये, ये उपाय अमावस्या वाले दिन ही आपको करना रहेगा प्रतिदिन दूध में केसर थोड़ा सा आप लोग मिक्स कर लीजिएगा और तिलक मस्तक जिभा न अभी पर आप लोग जरूर लगाइए देखिए कर्क राश की जात को दिशाशूल का विशेष ध्यान रखने की यहाँ पर हम आपको सलाह दे रहे हैं क्योंकि बिना दिशा शूल के यदि आप कोई कार्य करेंगे निकलेंगे गलत दिशा में गए तो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए क्योंकि तो प्रतिदिन के राशिफल की खूबसूरती यही रहती है कि पूरा पंचांग आप लोगों को बताते हैं आधा अधूरा उसमें कुछ नहीं रहता है और उपाय भी डेली का डेली बताते हैं तो नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए पुराने लोग तो ऑलरेडी जानते हैं साथ ही साथ बगल में बना बेलाइकन आप लोग ज़रूर दबाइए आप लोग यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर देखिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं आपके शहरों में हमारा आगमन होता है आप लोग हमसे आकर के पर्सनली मिल सकते हैं और भी यदि कोई क्वेश्चन ज्योतिष से संबंधित है तो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर हो गया आप लोग आईडी देख सकते हैं फेसबुक हो गया उसकी भी आईडी देख सकते हैं इंस्टाग्राम हो गया उसकी भी आईडी देख सकते हैं तो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप हमको फॉलो कर सकते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है दर्शकों यदि ज्ञान कहीं से भी मिले आपको ले लेना चाहिए कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम कमेंट के माध्यम से बताइएगा लेकिन कमेंट में सबसे पहले आपको जय श्री राम का उद्घोष करना यदि आप राम को मानते हैं तो आपको शपथ है भगवान राम की कि आप लोग लाइक करके जय श्री राम जरूर लिखेंगे तो दर्शकों कैसा लगा प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएँ कुछ इसमें और सुधार हो सकता है वो भी आप लोग बताइएगा संक्षेप में ही राशिफल हमने बनाया है बृहद राशिफल पुनः आपसे कह रहे हैं कि हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है नक्षत्रों से संबंधित हमारी श्रृंखला चल रही वो लोग भी आप लोग जाके देख सकते हैं दीजिए इजाजत मिलती है मिलते अपने नए वीडियो में और नव वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः छोड़े जाते हैं नया वर्ष आप लोगों को मंगलमय हो आपके जीवन में मंगलमय खुशियाँ लाए दीजिए इजाजत तब तक के लिए जय श्री राम